दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना मुझे, जब से दिल को मेरे तू है, तो की मेरी की मेरी, चैन को भी मेरे तूने उठा उठ गये जब सा

आया, को परिवार होयाको का हवा

karte hain hum se faade jo vo is hi jeene mein hum doobe mein jeene is mein khandaar yaadon dil ko khadaaya ujte pyaar